आपने अक्सर सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति को धारा एक सौ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन एग्जैक्टली धारा एक सौ है क्या दरअसल जनरली पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट या पुलिस के उच्च अधिकारियों से वारंट की जरूरत पड़ती है लेकिन कई बार परिस्थितियाँ इतनी विषम हो जाती है की पुलिस के पास इतना समय नहीं होता की वो वारंट का इंतजार कर सके इसलिए उस दौरान जिस भी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है उस पर धारा एक सौ लगाई जाती है या यूँ कहें किसी भी अपराध को रोकने के लिए पुलिस धारा एक सौ का इस्तेमाल करती है लेकिन इसके लिए भी एक प्रोविजन है धारा एक सौ के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों से ज्यादा थाने में नहीं रखा जा सकता और इसकी बेल भी की जा सकती है ऐसी और जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब